अरे तेरा तो के तेरी पूरी पूरी की तो रा टूटे हरियाणी तो ना हॉट हाउस थोड़ी मेहनत करो मेरे साल Baat meri na, haan meri se na, aiye jagra dev baat meri na, haan बेटी को तो मोबाइल की दुकान खोल दिया बेटी मतलब तो सब कहीं तो ना मोबाइल खा लिए लिया है दोनों अच्छा सीधे अठासी तेरे जा खड़ा हो यार ठीक है वैसे एक बात बताऊं धवन साहब ये जागरण 11 बजे शुरू हुआ से से एक एक मिनट एक बात जी।, जी जरा ध्यान तू है। है। रात को सोता है सुबह उठता टाइट हो जाता है बोलो सची दोनों हाथों सीढ़ी मिलकर गए जो हाथ बैठाओगे ना वीरेंद्र जी ना तो मेरे कसम गए ना कसम है माता रानी आराम पा अरे छोड़े मेंोगे में ना तो मेरे कसम गए ना कसम गए धर्मन साहब की जो हाथ नहीं खड़े करोगे उसे कसम गए इस वीडियो वाले भाई की सीधे हाथ हाओ और दुर्भ गए जी जी लगा ले अरे रे तेरे तकदीर एक बार खड़े होना जरा जय माता की। आ जाओ। आपके भैया भी होंगे भाई ना जो जो दो मिनट मिनट। मिनट ले ठीक? एक बार आप भी खड़े हो आरोप ऊपर आ जाओ मामा के भी मानजे ठीक जय माता अच्छा एक बार बताइए आज